एमपी पी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अब किसान कमाए और बिचौलिय नहीं हमारा लक्ष्य किसान और ग्रामीण को संपन्न और आत्मनिर्भर बनाना है इसलिए अब जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है किसान का कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा हमारी सरकार ऐसा सिस्टम बना रही है कि अब किसान कमाए बिचौलीय नहीं किसान और खेत मजदूर सबको काम मिले किसान और मजदूर आत्मनिर्भर होंगे तो देश संपन्न होगा उन्होंने कहा अब तक जो पैसा बहुराष्ट्रीय कंपनियां ले जाती थी हमारा प्रयास ये पैसा किसान के पास आए इसके कारण जो बिचौलिया कमाते थे वो किसान सीधा कमाएगा वो किसान 500 रुपए में नहीं बेचेगा 100 200 में बेचेगा आलू की वो भी किसान को बचेगा मजदूरों को काम मिलेगा मुठ्ठी भर की वजह सबको मिलेगा और इस प्रकार गांव में जो 80 प्रतिशत सत्तर अड़सठ परसेंट लोग रहते हैं किसानी और मजदूरी के आधार पर वो सब अब रोजगार करेंगे तो पैसा जो मुठ्ठी भर के पास आता था वो पूरे देश में सबके पास आएगा इससे गरीबी हटेगी बेरोजगारी मिटेगी गांव आत्मनिर्भर होगा हर आदमी खुशहाल होगा और सबकी आय बढ़ेगी और इस प्रकार देश आत्मनिर्भर होते दुनिया में सिरमोर बनेगा पुनः भारत में सोने की चिड़िया बनेगी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पैसा जा रहा है वो अब गाँव में के पास जाएगा और देश के पास ही रहेगा और सस्ता ही भी आएगी इससे जो महंगाई है मोनोपाली है बहुराष्ट्रीय का विज्ञापन का जमाना बच्चे वही मांगते हैं लेकिन अब हम उसमें लोगों को प्रशिक्षित भी करेंगे और इस प्रकार देश को दुनिया में नंबर एक स्थान पर ले जाएंगे यह है भारतीय जनता पार्टी की नीति लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती जनता और जनता के लिए हम देश के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस ने तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम किया है और इसलिए मुट्ठी भर लोग अरबपति कर देश गरीब रह गया लेकिन इस देश को प्रकृति ने सब कुछ दिया है दिन और इतनी अच्छी होती है, है कि मिट्टी अच्छी है या कि जमीन अच्छी है या कि, कि किसान मेहनती है लेकिन नीति अच्छी नहीं थी नेता अच्छे नहीं थे अब नेता भी हमारे अच्छे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी नीति भी अच्छी है और हमारी नीयत भी अच्छी और इस ऊपर वाला भी साथ दे रहा है और जनता भी साथ दे रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश को हम आत्मनिर्भर बनाते हो दुनिया में नंबर एक स्थान ले जाएंगे भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं सोते हुए नहीं जागते हुए अपनी आँखों से सपना देख रहा हूँ कि 20वीं सदी अंग्रेजों की लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हम अपनी आँखों से देखेंगे कि इक्कीस सदी भारत की सदी बनाएंगे और भारत को पुणे सोने की चिड़िया बनाएंगे जहाँ खुशहाली होगी हम हर बहन की जो गरीब से गरीब उसकी भी आय कम से कम दस हज़ार रुपये हो घर बेटे वो काम आ सके आत्मनिर्भर बन सके सक्षम बन सके और ये दो तो एक सौ तीस करोड़ लोग हैं इनको दो सौ साठ करोड़ हाथ को काम चाहिए तो इसी प्रकार हम दे सकते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद ये काम किया नीतियाँ बना दिया उसके लिए फंड की व्यवस्था की है और सारा काम चल रहा है और कृषि विभाग के माध्यम से हम गाँव में एक नई क्रांति ला रहे हैं कृषि मंत्री कमल पटेल ने खजुराव में मंत्र महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और पन्ना में श्री जुगल किशोर जी मंदिर में पूजा अर्चना कर किसानों व प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की पटेल ने कहा अब हम प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कोरोना काल में हमने संकट के समय को अवसर में बदला और नई दिशा तय की उसके कारण हमारी खेती बंजर हो रही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है लोग कैंसर के पेशेंट हो रहे और इसलिए अब प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक कृषि करने का भी निर्देश दिए हैं नीतियाँ बनाई हैं जिसमें मध्य प्रदेश में, में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक प्राकृतिक कृषि बोर्ड है जो किसान गाय पालेगा उसको हम नौ सौ रुपये मेहनत देंगे और गाय के गोबर से खाद और गेहूँ से दवाई और वनस्पति दवाई बना के खेतों में तो लागत भी कम आएगी उत्पादन भी अच्छा होगा जो शुद्ध अनाज होगा जो हमारे बच्चे खाएंगे हम खाएँगे देश के लोग खाएंगे वो स्वस्थ रहेंगे और दुनिया में हम निर्यात करेंगे क्योंकि कोरोना के बाद सबसे अधिक डिमांड है प्राकृतिक और जैविक उत्पाद की शुद्ध अनाज की और वो दुनिया में सब्जियाँ अनाज हम निर्यात करेंगे उससे पैसा आएगा तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा ये अवसर है भारत के लिए संकट को प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करो उसको अवसर में बदलो तो ये कोरोना संकट था पूरी महामारी दुनिया की लेकिन इसको भी हमने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अवसर में बदल रहे और ये देश के लिए बहुत अच्छा अवसर है उसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक लाख करोड़ रुपये